अरे ज्ञान भाई फ्री फायर में अब ओनली हैकर्स की रैंक हो साले अरे बीएनएल तेरे पूरे को मैंने वन टैप मार दिया है पर आ रहा हूं, तुझे भी वन टैप मारने आईडी पे तुम तीनों को ओनली वन एच पे मारूंगा ये मत समझना कि मेरे पास मेडिकेट नहीं है अरे किसने बोले चलाए जाएगा लेकिन मेडिकट मारेगा अभी साल देख मैंने भी गेम में हैक लगा दिया कस्टम का पासवर्ड चेंज कर दे हैकर पुष्पा भाई पे। के जूते, BNL का और का और राइस्टर है अरे ये तो हैकर है मेरी आईडी डी करेगी क्या हैकर भी उसको वन टैप मारने से डरते हैं। मेरे पास तो गन ही नहीं है नाम पुषपाई लगा कर आई हूँ